सं नजे नमरे अब जी के का कर तोर दुनिया से दूर अब शरीज चली जा दोली मेरे, जाोली तो जा भौ भौ मेरे, तो अरती चली दोली मेरे, तो जाए मुझा भूम मेरे. तो सेलम चली जाब डोलीरे तो सेलम जाबू प्यार का तो था री दुखी बुंदिया गिराई देवे मुख्य दफल गोरी पचू मुठी मटी दे, दे। चली जब टोली सुन जबर तो सुन तो चली जब डोली में तुखी तो मुर् रो से दुआ है जलदेव फासिल तुखी तो मुल रो से दुआ है कभी न होगी मुर्देबू से दुआ है जलदेव फासिल तुखी मुल रू से दुआ तो चली तो जब जबली मेरे मत तो से मुबू अर थी मेरे